हो, दहेज लोगे दहेज लेकर शादी करोगे मैम हम तो, तो फ्री में करेंगे, करेंगे। करिएगा आप क्या बात है सर क्या बात है भाई तबाई आग लौंडे ने बोलती बंद करवा दी सीधी बात नो बकवास चलिए शुरू करते अगली वीडियो की तरफ हाँ तेरी तेरी दीदी लगती है ना तेरी दीदी है ठीक है तेरी दीदी है ये दीदी नहीं तेरी तुम्हें तुम हाँ, मतलब बहुत बहुत प्यारी हो बहुत प्यारी हो बहुत प्यारी है लड़की तो वो देख के यार सारे हाँ, जाते हैं ये ये ये मैं या तुम पक्का डांस पहले हो तुम जिसने पहली बार ही पहचाना है पार्टी में लौटे से लड़की पट गई मैं तो क्या यार कैसे कैसे बंदे बैठे यार ओमेगल में यार कितनी ज्यादा बेजती कर देते का कट गया गया गए ये थमझप लग रहा है क्या कर रहा है मुझे कोई ठेला ठोला लग रहा है क्या क्या बना बना रहे रहे रहे हैं हैं ये यही नहीं अभी और सुनिए बवासीर जो नरक के खोलने के खोलने लिए रेडी हो रहे हो तुम धरती फट जाए और तुम उसमें धस जाओ इससे बढ़िया यही होगा मरते क्यों नहीं हो तुम लोग एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत सब कहेंगे मर गए ये फूड ब्लॉगर को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए इससे भी बड़ी सजा है तो कमेंट करके बताओ <गणगे> आगे देखते हैं अच्छा आंटी टेस्ट कर रही है यार सुबह पता नहीं क्या क्या निकलेगा तो बहुत बढ़िया लगा ऐसे गोलगप्पे खाने से नए बाल उगते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा अंटी जी यही देख लो और हाँ गरुड़ पुराण में इसके लिए एक अलग ही सजा है पोसा पोसा की कराया ये कौन से प्राणी घूम रहे हैं हमारे देश में ये कौन से प्राणी घूम रहे हैं हमारे देश में साबित क्या करना चाहते है इस धरती से ये दोनों अंडे देख ही जाएगा इसके बिना तो मानेगा नहीं है आपका नॉलेज तो कवाल का अलेक्स क्या हो रहा है? गया ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो यार ऐसा है जान? ये इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए अच्छा मुझे नहीं पता ठीक है अगर ये स्कीम बाहर वालों के हाथ में लग गई। ठीक है समरिया तो हमारे इंडिया बहुत पीछे हो जाएगा पचास साल पीछे हो जाएगा आप कहाँ के ज्ञानी बाबा चप्पल मारने वाला। चप्पल सोचा था मैंने ठीक है अब मेरी बारी। कमेंट <laughs> करके बताओ आपके घर से ही होता है वो लड़की है मेरे भाई वो पिटेगी भी और पिटवाएगी भी <laughs> लाइफ में तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए बस ट्रेन और छोड़ी सो हेलो गो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताओ चाहे बताओ मगर क्यों पाँच हजार लाइक करवा दो कम से कम। एक तो और ठोक ठोक दीजिए दीजिए। धन्यवाद होगा आपका जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर ऐसी डुपर बना दो प्लीज अगर पांच हजार लाइक हो गए ना तो तुम्हारा भाई गिव अवे करेगा पार्टी कब देगा वन थाउजेंड रुपीस का आ, रहा है। मेरे पांच सब्सक्राइबर को जो कमेंट करके बताएंगे जिनके कमेंट हर वीडियो पे होंगे कमेंट करके बताओ अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइबो